बीच और ऐसी पर छोड़ गए अदबीच। के दिल में चुबा है कांटा बोजान किला गुलाब में अरे, अरे आंख से झलक अरे आंख से झलका आंसू पोचा शरीफों के बाजार में शराबत कम नहीं होती अच्छा और सोने के करो सो टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती तो हमारी बेवकूमी थी जो उनसे दिल लगाया था अच्छा और हजारों से बिगाड़ी थी जिन्हें अपना बना हमने हार समझा कला अपना सजाने को नागिन बन बैठी हम ही को काट खाने को दिल में चुबा है काटा दिल में चुबा है काटा वो चाचला गुलाब में आप झलका आंसू हमारे पोस्ट गुप्ता जी ये कह रहा है मासूम चेहरे की क्या बात यार चेहरे की क्या बात यार हमको तो होने लगा है प्यार हमको तो होने लगा है धड़काना मेहंदी लगा के यू शरमाना के सुल धड़काना मेहंदी लगा के यू शरमाना प्यारा गया रे घूमा अरे बे खबर चौकी है सना चार फिलहाल बैठे होता है फिल्म a okay. दिल में चुभा है तो गुलाब, का ढल का आतू पुरजा रखता करो भैया रहे उकता रहेपे मिल है ऐसे कब नौ छुप छुप के मिल है ऐसे भेषण की सार में